आइए हिमांशु को आवाज देते हैं हिमांशु बनारस में शायरी का एक नया नाम है जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है काफी मंचों पे दिखाई पड़ रहे हैं और क्या बढ़िया शायरी कर रहे हैं आइए हिमांशु को सुनते हैं हम बहुत शुक्रिया भैया सभी को प्रणाम शेर सुने कि दुनिया पत्थर हो जाएगी उठो शायर शेर कहो क्या बात है दुनिया पत्थर हो जाएगी उठो शायर शेर कहो हर बस्ती में आग लगी है ले लो टक्कर शेर कहो यार एक शायर के शेर उसी दिन सफल हो जाते हैं जब अगला मिश्रा सामने से आने लगता है बहुत बढ़िया कि दुनिया पत्थर हो जाएगी उठो शायर शेर कहो हर बस्ती में आग लगी है ले लो टक्कर शेर कहोर शेर कहो और महफिल जाम शमा परवाना सहरा दरिया वसलो हिजर महफिल जाम क्षमा परवाना सहरा दरिया वसलो हिजर बेहतर कहना है तो पहले इनसे हटकर शेर आए, को हटकर शेर को बेहतर कहना है तो आए, पहले इनसे हटकर दे दिया शायरी का बहुत शुक्रिया बहुत अच्छे एक शेर सुने कि फिजा में तेज उजालों के घुप अंधेरे थे फिजा में तेज उजालों के घुप अंधेरे थे तुम्हारी जुल्ब से छनकर के रोशनी आई फिजा में तेज उजालों के घुप अंधेरे थे तुम्हारी जुल्म से छनकर के रोशनी आई मुझे भी शक्ति किसी मेघनाथ ने मारी मुझे भी शक्ति किसी मेघनाथ ने मारी गजल की शक्ल में मुझ तक संजीवनी आई क्या बात है बहुत अच्छी गजल की शक्ल में मुझ तक संजीवनी आई कुछ सुने के जिंदगी अच्छी चले जिंदगी अच्छी चले और शायरी चलती रहे शायरी चलती रहे जिंदगी अच्छी चले और शायरी चलती रहे यानी छुट्टी पर रहू और हाजिरी चलती रहे बहुत बढ़िया क्या बढ़िया बोला क्या शेर है जिंदगी अच्छी चले और शायरी चलती रहे अच्छा। यानी छुट्टी पर रहूं और हाजिरी चलती रहे और लफ्ज गूंगे हो चले हों हर्फ़ कागज पर खरोंच लफ्ज गूंगे हो चले हों हर्फ़ कागज पर खरोच तब हमारी गुफ्तगुए खामोशी चलती रहे आए, है, है। तब हमारी गुफ्तगुए खामोशी चलती रहे और वक्त के अंदाज को समझो तभी मुमकिन है के वक्त के अंदाज को समझो तभी मुमकिन है के चक्र भी चलता रहे और बासुरी चलती रहे वक्र के चक्र वक्त के अंदाज को समझो तभी मुमकिन है कि चक्र भी चलता रहे और बांसुरी चलती रहे और इस जहां के लोग ही एक दूसरे की कैद हैं, इस जहां के लोग ही एक दूसरे की कैद हैं और कैदी चाहता है हथकड़ी चलती रहे और कैदी चाहता है क्या चलती बात है एक शेर की पेट भरने की जगह हथियार हम दोनों भरे पेट भरने की जगह हथियार हम दोनों भरे इस तरह की दुश्मनी क्या वाकई चलती रहे इस तरह की दुश्मनी क्या वाकई चलती रहे? रहे एक और आ, एक एक मिनट का वक्त लगेगा के क्या गर सितमगर मिल रहे हैं सितम क्या गर सितमगर मिल रहे हैं सितम है बद से बदतर मिल रहे हैं ओहो, सितम क्या गर सितमगर मिल रहे हैं सितम है बद से बदतर मिल रहे हैं ये चिनगारी बुझे तो दिल मिलाए ये चिनगारी बुझे तो दिल मिलाएं अभी पत्थर से पत्थर मिल रहे हैं। हैं, मिल रहे है, वाह। वा, ये चिंगारी बुझे तो दिल मिलाएं। अभी पत्थर से पत्थर मिल रहे हैं उससे ऐसे मिलना चाहता हूँ मैं उससे ऐसे मिलना चाहता हूँ मैं उससे ऐसे मिलना चाहता हूँ जैसे दो सुखनवर मिल रहे हैं और सभी जगहों पर हमने घर बनाए सभी जगहों पे हमने घर बनाए बीमार घर घर मिल रहे हैं सभी जगहों पे हमने घर बनाए सब बीमार घर घर मिल रहे हैं और पुराने शायरों को पढ़ रहा हूँ <laughs> पुराने शायरों को पढ़ रहा हूँ पुराने शायरों को पढ़ रहा हूँ पुराने शायरों को पढ़ रहा हूँ मुझे पुरखों के जेवर मिल रहे हैं बहुत अच्छे क्या बढ़िया। अंत किया आगज